कल क़यामत के दिन एक औरत चार मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी अर्ज किया गया वो कैसे और यही औरत जन्नत में भी ले जा सकती बहुत सारे मर्दों को तो फरमाया वो कैसे जहन्नम में ले जाएगी तो एक औरत को हुक्म होगा जो जहन्नम का वो करेगी मालिक नहीं पहले मेरे बाप को बुलाया जाए वो कहेगी या ये मेरा बाप है मैं इसकी बेटी थी मेरी तरबियत का जौहर इसके हाथ में था आज मैं जिन बदकों और गुनाहों के सब जहन्नम में जा रही हूँ उसका असल जिम्मेदार तो ये है। अब वो बाप क्या जवाब देगा, जिसने अपनी बेटी को सब कुछ दिया सब कुछ दिया अपने बच्चों के लिए जायदादें पटाटे सब कुछ बेच दिए, नहीं दिया तो बस खाली दीन नहीं दिया तो वो कल क्यामत के दिन अल्लाह के हजूर को क्या जवाब देंगे अब इर्शाद होगा इसे भी पकड़ो और इसके बाप को भी पकड़ो अब वो अर्ज करेगी नहीं मालिक मेरे भाई को बुलाया जाए मालिक ये मेरा भाई है मैं इसकी गैरत थी मैं जिन राहों पर चलकर मैं जिन रास्तों पर चल कर तेरे कहर गजब की हकदार आज बनी इसका असल जिम्मेदार तो ये है अगर मुझे ये रोकता अपनी आबरू की हिफाजत करता अपनी नामुस का पहरा देता तो आज मैं इन रास्तों की मसाक कैसे बनती मेरी खराबी का असल जिम्मेदार तो यह है अब वो भाई क्या जवाब देगा जो चौकों और चौराहों पर रास्तों पर खड़े होकर आने जाने वाली बहनों को देखता और ये समझता कि मेरी बहनें और बेटी घर में महफूज हैं। अब वो क्या जवाब देगा इशाद होगा इसे भी पकड़ो इसके भाई को भी पकड़ो और इसके बाप को भी पकड़ो और जहनम में ले जाओ व्हाट्सअप करेगी नहीं मालिक मेरे शोहर को बुलाया जाए अब वो शोहर आएगा मालिक ये मेरा शोहर मेरी तरबियत का जौहर माँ बाप के बाद इसके हाथ में था इसके पास तलाक जैसी ऐसी धमकी थी जो चाहता हमसे मनवा लेता और जिस अंदाज में चाहता मुझे डाल लेता या ढाल देता लेकिन उसने मुझे कभी राय हक की तरफ बुलाया ही नहीं था वो शोहर अब क्या जवाब देगा जो खुद अपने दोस्तों को चाय पर बुलाकर अपनी बीवी को बरहना मुँह बिठाकर बाद में उसकी हुस्न की दाद मांगता हो बताओ यारो कैसी तुम्हारी भाभी है तो अब वो क्या कयामत के दिन जवाब देगा फिर होगा इसे भी पकड़ो इसके भाई को भी पकड़ो और इसके शोहर को भी पकड़ो इसके बाप को भी पकडो जहन में ले जाओ अब वो अर्ज करेगी नहीं मालिक मेरे बेटे को बुलाया जाए मालिक ये मेरा बेटा मैं इसकी माँ, माँ। इसकी तड़पती हुई ममता मेरे सीने में तूने रखी थी अगर ये रूट जाता तो हमारी जिंदगी उजाड़ हो जाती जो भी चाहता जिद करवा के हमसे मनवा लेता अगर मुझे किसी के घर बर्तन भी माँजने पड़ते तो मैं भी उससे परहेज न करती मैंने अपना जेवर बेचकर इसकी पढ़ाई मुकम्मल करवाई इसकी तालीम मुकम्मल करवाई अगर ये जिद करता तो मुझे राय हक पर ले आता अब इर्शाद होगा इसे भी पकड़ो इसके भाई को भी पकड़ो इसके बाप को भी पकड़ो इसके शोहर को भी पकड़ो इन चारों को जहन्नम में डाल दिया तो मेरे भाई एक औरत चार मर्दों को इस तरह जहनम में ले जाएगी मेरे भाई एक औरत की अच्छे से तरबियत करें। अगर यही एक औरत की अच्छे से तरबियत हो गई तो मेरे भाई चार मर्द किया बहुत सारे मर्द जन्नत में जा सकते हैं, जहनम से बच जाएंगे इसलिए मेरे भाई इस हदीस को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि औरतों को हमने कसरत से जहन्नम में देखा औरतों ही को हमने कसरत से जहन्नम में देखा तो मेरे भाई उसका मतलब क्या मतलब ये है कि औरतें अपने माँ बाप और शोहर की ना पर मान तो इसलिए मेरे भाई वो औरतें जो इन बातों को सुन रही हैं मेरे भाई इन सारी चीज़ों को फराम करें अपने आप को अपने शोहर के हवाले करें शोहर की बातों को माने और उनकी फर्माबरदारी करें